वेलकम टू आईटीआई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आपके सामने मैथमेटिक्स का नया टॉपिक लेकर के आया हुआ हूँ जो कि एज एज कैलकुलेशन से अब हम देखेंगे यहां पे कुछ क्वेश्चन हैं किस तरह से करना है और कौन से फार्मूले से करना है ये जो क्वेश्चन हैं ये सॉफ्टिक मैथड से मैं करने के लिए आपको बताने जा रहा हूँ सबसे पहला क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपने पुत्र की वर्तमान उम्र का है, वे अपने पुत्र की का हो तो हमें बताना क्या है पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी सबसे पहले जो हम यहाँ पे फार्मूला यूज करने वाले हैं वे हमारा टी ब्रैकेट में y minus x अब हम देखेंगे x और y क्या चीज़ी? जो भी वैल्यू है ये पांच गुना हो गया और ये हमारा तीन गुना हो गया जो हमारी गुने वाली वैल्यू होगी उसे हम x और y मानेंगे अब देखते हैं कि इसमें x किसको मानेंगे और y किसको मानेंगे देखिए x जो हमारा होगा हमें हमारा होगा, ठीक? अब हम देखते हैं पुत्र की वर्तमान मतलब बराबर कितना दिया हुआ है? है है बराबर बराबर हमें हमें दिया हुआ है? पांच। और टी हमें दिया हुआ हुआ और कितना? अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे की कितनी की वैल्यू वैल्यू कितनी माइनस बैठे पांच में से तीन का तक दो तुम्हारा तो आगे लिखा दस वर्ष पूर्व ए अपनी पुत्र की आयु का पांच गुना था तथा 12 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु की क्या है तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन के लिए लगेगा ले टी वन एक्स माइनस वन प्लस टी टू वाई माइनस वन पूरे आप देखेंगे पे x की वैल्यू क्या रखनी है और y की वैल्यू क्या रखनी है है देखिए x बराबर हमारा ये 5 ठीक जो गुने वाली वैल्यू होगी उसे हम x या y मानेंगे ये x हो गया ये हमारा y हो गया ये हमारा t1 हो गया y इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें टी t1 हमें दिया हुआ है दस t2 हमें दिया हुआ है बारह अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे t1 की जगह हमें कितना रखेंगे दस ग्रेजिट प्लस टी टू की रेगा कितना रखेंगे बारह वाई की रेपे तीन तीन माइनस एक पूरे का बटे एक्स माइनस वाई मतलब पांच माइनस तीन अब इसे सॉल्व करेंगे दस पांच में से एक गया चार प्लस बारह तीन में से एक गया दो पूरी का बट्टे पांच में से तीन गया दो दस को चालीस प्लस बारह चौबीस बटे दो चालीस प्लस चौबीस कितना हो गया चौसठ बटे दो तो हो गया दो तीन छ दो दूस चार तुम्हारी कितनी आई बत्तीस वर्ष हमसे यही पूछा गया था पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो यह पुत्र की वर्तमान आयु अभी अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे मां की आय बेटी की आय का पांच गुना गुने वाली बहनों को हम x, x या y मानेंगे थी बताइए बेटी की वर्तमान आय क्या है? इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस माइनस t x माइनस वन एक्स या के लिए कौन सा तो फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस टी एन माइनस वन बट एन प्लस वन ए बराबर हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में a बराबर दिया है बत्तीस t बराबर हमें कितना दिया हुआ है सात n प्लस पी की जगह सात एन की जगह पांच माइनस एक बटे एन एन प्लस वन मतलब पांच प्लस एक बराबर हो जाएगा बत्तीस प्लस सात पांच में से एक चार पांच प्लस एक छुम्हारा हो गया सात तो बत्तीस प्लस सा चौथों अट्ठाईस बटे छः पत्नी की वर्तमान उम्र का योग 50 वर्ष 5 वर्ष पहले उनकी उम्र तीन अनुपात दो के अनुपात में थी तो पत्नी की वर्तमान उम्र क्या होगी सबसे पहले में अनुपात दिया गया हुआ है अनुपात अनुपात अब इसमें हम करेंगे मतलब वर्तमान वर्ष तो वर्त पहले तीन दो थी। तो ये पहले थी तो तो ये की इसके बाद में क्या होगी प्लस फाइव तो में से तो आठ अनुपात इसमें जोड़ा तो पांच दो सात आठ पांच सात आई हमें अब पांच वर्ष पहले की आई पहले अनुपात दो का मतलब हो गया पांच तो दो बटे पांच मल्टीप्लाई चालीस पांच चालीस आठ उन्नीस सोलह वर्ष ठीक अब उसके बाद में पत्नी की वर्तमान आई फिर इसके बाद में चौबीस हमसे यही पूछा गया था तो पत्नी की वर्तमान उम्र क्या होगी? ये पत्नी की आयु और ये पति की वर्तमान उम्र चारों क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हुए मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे अगर किसी तरह की कोई भी क्वारी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट में कमेंट करिए। मैं उसका रिप्लाई आपको तुरंत दूंगा अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो